गुड मॉर्निंग ट्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के ट्री एंड ग्राफ के बारे में तो आज हम ट्री और ग्राफ के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस स्कीन पर तो हम सबसे पहले ट्री के बारे में जान लेते हैं तो ट्री क्या होता है ट्री एक नॉन प्रीमेटिव एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो अरेंज होता है शार्ट में शार्टेड में अरेंज होता है और इनका रिप्रजेंटेश फॉर्म में होता है ठीक से मतलब बहुत से आइटम का जो बहुत से डाटा टाइप होते हैं उनको हेरेजिकल फॉर्म में हम लिखते हैं और उसके बाद में हम देख लेते हैं ट्री का क्या देख लेते हैं कि कुछ टर्मोलॉजी होती है टर्मोलॉजी मतलब जैसे कि इसको क्या कहते हैं ऊपर वाले को और इसके ब्रांचेस को क्या कहते हैं इन सारी को इन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं तो पहली टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं बहुत सारी हैं, आ, है फर्स्ट है रू उसके बाद में नोड है डिग्री ऑफ नोड है उसके बाद में डिग्री ऑफ ट्री है टर्मिनल नोड है नॉन टर्मिनल नोड है सिबलिंग है उसके बाद में फिर हमारा लीप नोड है एज नोड है पाथ नोड है डेप्थ नोड है है और फॉरेस्ट नोड है तो हम एक एक करके हम सारी टर्मोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले कुछ जो हमने एग्जाम्पल दिखा रखा है आपको जो पहली ये होता है ऊपर वाली को हम क्या कहते हैं अभी हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा हम इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे ऊपर वाला जो ए दिख रहा है आपको उसे हम कहते हैं रूट नोड यहाँ से ये ट्री स्टार्ट होता है उसके बाद में हम जो ये लाइनें दिख रही हैं जिनसे कनेक्ट हैं दोनों ट्री इनको हम ब्रांच या लिंक कहते हैं और उसके बाद में हम फिर देखेंगे जो ये वाली लाइन है आपको दिखाई दे रही है मतलब एक लाइन में जो होता हैं, होते हैं उन्हें लेबल कहते हैं लेबल जीरो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होता है लेबल लेबल वन उसके बाद में लेबल टू एंड लेबल थ्री ऐसे कहकर ऐसे करके कई लेबल में ट्री हमारी होती हैं ठीक आप कुछ है टेक्नोलॉजी जैसे ये रूट इसमें भी हमने आ, आपको डिटेल में दिखा रखा है थोड़ा बहुत इसमें भी दिखाया है रूट नोड फिर इसका जो है ये इंटर ओ सब ट्री है लेफ्ट का लेफ्ट सब ट्री ठीक है एफ का जो ये का जो लेफ्ट ट्री है लेफ्ट सब ट्री मतलब इसका सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है अब लेफ्ट और राइट में आप देख रहे हैं जो इसे रूट uh, नोड बोलते हैं और जो ये वाला है बी और सी ऐसे हैं इनको तो, इंटरनल नोड बोलते हैं इंटरनल नो, नोड में इन्हें हम नोड बोल सकते हैं और जो लेफ्ट में होता है उसे लेफ्ट नोड बोलते हैं या लेफ्ट और जो लास्ट में होता है उसे हम लीफ बोलते हैं लीफ नोड ठीक तो हम एक एक करके टेक्नोलॉजी के बारे में हम देख लेते हैं आ, जैसा कि आप लोगों को हम दिखा पा रहे होंगे कि पहला हमारा है डिग्री तो डिग्री में हम देखते हैं जैसे कि आप हम लोगों को पता है ना कि सब ट्री दे हर ट्री का एक सप्री होता है और उसमें चाइल्ड चाइल्ड नोड भी लिया होता है तो सब ट्री नोड होता है और चाइल्ड नोड होता है तो जो सब ट्री नोड होता है चाइल्ड नोड होता है जो मैक् तो हम इनका जैसे हमसे कोई पूछे कि इस ट्री का हमें क्या बताना है डिग्री बताना है तो इस ट्री का डिग्री हमें बताने के लिए क्या करना होगा आ, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड होते हैं उनको हमें देखना होगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हैं तो हमें हम देख रहे हैं जैसा कि मैक्म नोड हम आ, क्या कहते हैं जो नोड होता है वो रूट ट्री का सब ट्री होता है जैसे नोड बी है नोड सी है नोड डी है अब इनका नोड का लीप होना कंपल्सरी है कहने का मतलब तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं जीरो लेवल में एक नोड है और उसके बाद में फिर देखेंगे लेबल वन में लो लेबल वन में तीन नोड हैं और हर देखो हर तो मैक्सिमम नंबर आप नो, नोड कितने हैं तीन हैं इसमें आप देखेंगे तो दो नोट हैं इसमें आप देखेंगे तो दो नोड है तो मैक्सिमम नंबर आप कितने नोड है? तीन नोड है तो इसका मतलब इसका जो मतलब डिग्री होगा थ्री तो होगा ठीक थी अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं टर्मिनल नोड टर्मिनल नोड होता है जो हमारा वो टर्मिनल नोड में जैसे जिसका डिग्री जीरो हो या फिर नॉन जीरो हो मतलब उसकी डिग्री उसे हम टर्मिनल नोड या लीस्ट नोड कहते हैं तो हम इसी ग्राफ में हम देख लेते हैं जैसा कि ऊपर वाला ग्राफ दिया है उसी में हम देख लेते हैं कि टर्मिनल नोड हमारे कौन कौन से हैं जिसकी डिग्री क्या हो जीरो हो तो देखो नीचे वाले जितने भी लीप हैं लीप की सारी डिग्री जीरो है देखो जैसे एफ है एफ एक लीप है लीप नोड है इसमें इसकी डिग्री जीरो है जे है आ, ए, ई है नॉन है, है, है? तो टर्मिनल नोड जैसे नॉन टर्मिनल नोड में होता है कि जिसकी डिग्री मतलब जीरो ना हो उसे हम नॉन टर्मिनल नोड कहते हैं जैसे कि हम आपको दिखा दें ऊपर वाले ग्राफ में अब यहाँ पर बी सी अब इन सारे की आ, कुछ ना कुछ डिग्री हैं एक भी डिग्री है और इन सारे की सारे, कुछ ना कुछ डिग्री हैं तो ये सारे क्या हैं हमारे नॉन टर्मिनल नोड हैं उसके बाद में हम बात करते हैं सिब्लिंग की तो जो सिब्लिंग होता है द चाइल्ड नोड ऑफर गिवेन पेरेंट नोड या कार्ल्स सिब्लिंग्स, तो जैसे कि जिसमें हम ऊपर ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जैसे आ, हर एक चाइल्ड का एक पैरेंट होता है जो पैरेंट होता है उसे हम सिब्लिंग कहते में एज की बात करते हैं तो एज इज अने के बीच में जो लाइने कनेक्ट होती है उसे हम एज कहते हैं फिर उसके बाद में हमारा आता है पाथ पाथ इट इज Uh, const, रास्ता तो uh, uh, मतलब uh, मतलब, uh, है या आने का जो नोड जो, जो पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं पाथ कहते हैं तो एक का पाथ क्या ए, ए से आई का पाथ आई का क्या पाथ है तो यहाँ से ए से बी एंड बी से आई यही हमारा आ, आ, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा ठीक है एक ही पाथ आ, ट्री में के नोड पर पहुंचने का मात्र इसमें यूनिक पाथ होता है एक ही पाथ होता है अब उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे लेबल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लेबल क्या होता है जो ट्री होता है वो ट्री में जितने भी जैसे कि ट्री का सब ट्री होता है रूट से जितने भी जैसे रूट हमारा होता है वो जीरो लेवल से स्टार्ट होता है उसके बाद में हमारा क्या होता है देन उसके बाद में हमारा लेबल वन स्टार्ट होता है ऐसे जो होता है उसे हम लेबल कहते हैं आप पहले ही बता चुके हैं ऐसे अब उसके बाद में हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट है इट इज अट ऑफ अट ट्री द इफ यू रिमूव रिमूव रूट रिट दैट इट इज इट्स बिकम फॉरेस्ट तो जो हमारा फॉरेस्ट होता है किसी ट्री में हम यदि रूट को रिमूव कर देते हैं तो हमारा वो फॉरेस्ट ट्री हो जाता है और उसके बाद फॉरेस्ट हो जाता है उसके बाद में फिर हम डेप्थ की बात करें इट इज़ मैक्मम मैक्सिमम लेबल ऑफ एनी ई नोट इन अव एन ट्री जो मैक्सिमम लेबल मतलब दिए होते हैं ट्री के लेबल होते हैं लेबल हम आपको बता ही चुके हैं कि जीरो से स्टार्ट होता है तो आप लेबल को काउंट कर लीजिए जितने लेबल होंगे वो हमारे क्या होंगे डेप्थ होंगे अब हम अगले वीडियो में हम बायोनी ट्री के बारे में पढ़ेंगे और कितने टाइप के ट्री होते हैं तो वीडियो आपको जो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब थोंक कर जाइए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत